भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया इतनी मदद की इतनी शक्ति आपने हमें दी इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है जब हमने यह शुरू किया कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी मैंने मीडिया के बारे में कहा शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं दोस्त हैं मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं और वो तो तब भी ठीक है वो तो ठीक है हमारी बात नहीं उठाए तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर ये एक और काम करते हैं इनकी गलती नहीं है देखिए ये जो यहां खड़े हैं इनसे गुस्सा मत होइए इनकी गलती नहीं है देखिए मुस्कुरा रहे हैं ये जानते हैं लगाम लगी हुई है पीछे से लगाम लगी हुई है मगर इनके जो तो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं 24 घंटा 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक यह सच्चाई नहीं है यह मीडिया में चलाया जाता है फैलाया जाता है ये देश एक है इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं गले लगते हैं तो सवाल उठता है क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं इनके पीछे जो शक्ति है इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो किसी भी जात का हो वो एक दूसरे से प्यार करता है मोहब्बत करता है एक दूसरे की इज्जत कर, करता है नब्बे प्रतिशत लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने ये देखिए घूम के देखिए ये जैन मंदिर है गुरुद्वारा है मंदिर है मस्जिद है यह हिंदुस्तान ये सच्चाई है हिंदुस्तान की और ये नई बात नहीं है ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है तो सवाल उठता है ये जो मीडिया के लोग हैं ये नहीं जो इनके पीछे हैं ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं आपने कभी पूछा अपने अपने आप से कि मीडिया 24 घंटा कभी कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे कभी आपने देखी है कभी टीवी पर देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया कभी देखा नहीं कभी नहीं दिखेगा सही बात है ना सही बात कभी नहीं दिखेगा इसका कारण है भाइयों और बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है आपका जेब काटा गया आपका जेब काटा गया तो जब जेब काटा जाता है आपका काटा गया ना तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है नहीं नहीं नहीं ब्लेड तो बाद में आता है मगर पहले क्या करता है पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है भाई और बहनों यह जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है और यह चौबीस घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है बढ़िया बढ़िया क्योंकि सच्चाई है चौबीस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम और फिर जो भी आपका पैसा है किसानों का मजदूरों का आपके एयरपोर्ट आपके पोर्ट आपकी सड़कें किसके जेब में इनके मालिक के जेब में इनको कौन चला हैं नाम बताओ देखो सब जानते हैं पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है ये अंबानी अदानी की सरकार है